हेलो फ्रेंड्स मैं सचिन फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास मल्टीपल इमेजेस हैं उनके बैकग्राउंड में आपको म्यूज़िक ऐड करना है तो आप कैसे करेंगे काइन मास्टर से तो फ्रेंड्स आप काइन मास्टर ओपन करेंगे न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे यहाँ कोई प्रोजेक्ट का नेम देंगे ये सिक्सटीन पॉइंट नाइन रेशियो लेंगे पे क्लिक करेंगे अब फ्रेंड्स आप क्या करेंगे जहां भी आपकी इमेजेस रखी हैं आपके लैपटॉप डेस्कटॉप पे जहां भी आपकी इमेजेस रखी हैं आप उसको ओपन करेंगे उस फोल्डर को यहां से फ्रेंड्स आप अपनी इमेज को माउस से लेफ्ट क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे और यहां ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे ये फाइल इंपोर्टेड टू मीडिया मैनेजर ऐसे लिखा आ जाएगा अगर इम्पोर्ट होगी तो ठीक है इसी तरह से फ्रेंड्स आप ऐसे वन बाई वन भी इमेजेस को अपलोड कर सकते ड्रैगन ड्रॉप कर सकते हैं बाकी आपकी जितनी भी इमेजेस हैं आप सबको सेलेक्ट कीजिए और एक साथ ड्रैगन ड्रॉप कर दीजिए ठीक है ये फाइल इंपोर्टेड लिखा गया ठीक है अभी आप की इमेजेस कहाँ आएंगी वो हम देखते हैं तो फ्रेंड्स ये आपकी इमेजेस जो हैं आप मीडिया पे जाएंगे आपको मीडिया पे चेक करना है आप मीडिया पे जाएंगे यहाँ पर फ्रेंड शेयर्ड फोल्डर करके शेयर्ड फोल्डर आता है आप उसमें जाएंगे उसमें जाके हम देख पा रहे हैं हमारी सारी इमेजेस यहाँ पे शो हो गई अब फ्रेंड्स इन इमेज को हमें नीचे टाइमलाइन पे लाना है आपको जिन इमेज को भी लाना है आप माउस से लेफ्ट क्लिक करके उसको सेलेक्ट कीजिए आप एक बार क्लिक करेंगे एक बार इमेज आ जाएगी इस तरह से आप सारी इमेजेस को यहाँ से वन बाई वन क्लिक कर दीजिए अभी फ्रेंड्स ये सारी इमेजे आपकी टाइम लाइन आ गई हैं ठीक है अभी आप क्या करेंगे ये नीचे से सेकंड ऑप्शन है इस ऑप्शन पे जाएंगे ये इमेजेस सब आपकी इस तरह से आ गई हैं अभी फ्रेंड इसी ऑप्शन पे एक बार और क्लिक करेंगे ठीक है अभी ये सारी इमेजेस आपके यहाँ शो ऑफ हो गई हैं अभी फ्रेंड्स आप क्या करेंगे ये ऑडियो वाले ऑप्शन पे जाएंगे ये गेट म्यूजिक ये आया यहाँ पर इसमें इधर की तरफ सॉन्ग आ रहा है सॉन्ग पर जाएंगे आप सॉन्ग में फ्रेंड्स आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे सॉन्ग ऐड करना पड़ेगा जैसे मैं आपको दिखाता हूँ ये आपका जहाँ भी जैसे सॉन्ग रखा है आपको इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऐड करना पड़ेगा जैसे फाइल इंपोर्टेड टू तो मीडिया मैनेजर आ गया तो आपका सॉन्ग इधर ऐड हो जाएगा और आप उसे कहाँ देख लेंगे सॉन्ग वाले ऑप्शन में जाएंगे और आपको वहाँ पर इस तरह से उसको देख लेंगे आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और ऐड करने के लिए फ्रेंड्स आप इसको ऐड करने के लिए आप स्टार्टिंग में आएंगे जहाँ भी जो भी आपकी मेज स्लैट्स हुए हैं आप उसके स्टार्टिंग में आ गए ठीक है और ये जो प्लस का आइकन है इस प्लस के आइकन पे आप एक बार क्लिक कर देंगे माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे ये फ्रेंड्स सॉन्ग नीचे इसकी बैकग्राउंड में ऐड हो गया ये देखिए कहाँ तक ऐड हुआ है यहाँ तक ये ऐड हो गया ठीक है इसको आपको और इंक्रीज़ करना है तो आप यहाँ तक भी इंक्रीज़ कर सकते हैं इस तरह से अपने हिसाब से इमेजेस को यहाँ तक जहाँ तक ले जाना है आपको म्यूज़िक के अकॉर्डिंग आप इंक्रीज़ कर सकते हैं आपको इमेज को थोड़ा कम करना है कि सॉन्ग ज़्यादा है इमेज कम है तो आप इमेज पे ऐसे सिंपली लेफ़्ट क्लिक करेंगे और लेफ़्ट क्लिक से ही इसको ऐसे कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं ठीक है फ्रेंड अभी इस तरह से आपने किया अभी एक बार हम इसको देखते हैं कि किस तरह से चल रहा है ये प्ले का बटन ये दबाएंगे आप ये फ्रेंड इस तरह से भी शो ऑफ हो रहा है ठीक है इसकी बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है अभी फ्रेंड्स आप लेयर के ऑप्शन पे जाएंगे इस लेयर पे क्लिक करेंगे लेयर में फ्रेंड्स आपके पास कुछ ऑप्शन है जैसे कि ये तो स्टिकर हो गया आपको कोई स्टिकर लगाना है आप स्टीकर पर चले जाएँगे एक स्टीकर ये करेंगे यहाँ से सेलेक्ट करेंगे अगर आपको कोई स्टिकर यूज़ करना है तो आप यहाँ से कोई सा भी स्टिकर जो भी आपको यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हैं इसको क्लिक यूज़ करना है इसको एक बार क्लिक कीजिए लेफ्ट क्लिक ये इस पर आ गया फ्रेंड्स इस तरह से आ गया है आपको इसको थोड़ा स्मॉल साइज करना है आप माउस से लेफ्ट क्लिक दबा के इसको धीरे धीरे ऐसे ऊपर की तरह मूवमेंट करेंगे ऊपर की तरफ चला जाएगा ठीक है इस तरह से फ्रेंड्स छोटा करना है छोटा कर लीजिए माउस को लेफ्ट क्लिक से इस तरह से फ्रेंड्स ये स्टीर आपका यहाँ पर आ जाएगा ठीक है जो भी स्टीकर यूज़ हो गया इसी तरह से इसी तरह से फ्रेंड टेक्स्ट आपको कुछ टेक्स्ट लिखना है फ्रेंड टैक्स आपने मोस्टली देखा होगा जो भी YouTube पे हम शॉर्ट वीडियो बनाते हैं उसमें फ्रेंड्स टाइटल में हम इतना नहीं दे पाते कि क्या किस चीज़ का वीडियो है क्या है उसमें उतना एक्सप्लन नहीं कर पाते शॉर्ट वीडियो में तो फ्रेंड्स वहाँ पे आप ये इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं ये वाला ऑप्शन यहाँ पे फ्रेंड्स जैसे क्या है ये जो क्लिप है किस चीज की है वो थोड़ा सा आप यहाँ दे सकते हैं जैसे शॉर्ट वीडियो में आप पूरा एक्सप्लेन उसको यहाँ पे अच्छे से कर सकते हैं जितनी देर के लिए करना है वो आप कर सकते हैं ओके पे क्लिक करा आपने जैसे ओके पे क्लिक करा तो ये आपकी स्टार्टिंग वाले इस पर इमेज पर आ गया तो फ्रेंड्स सपोज इसको आपने यहाँ ऊबर की तरफ शॉअप करा दिया अब इसी में क्या है फ्रेंड्स कौन्ट का ऑप्शन है फोन um, ठीक है फोन का ऑप्शन है और कौन से ऑप्शन से अब यहाँ देख पा रहे हैं एक कलर का ऑप्शन है आपको कोई और कलर देना है सपोज आपने इस कलर से कह दिया उस कलर को सिलेक्ट करने के बाद इस आ, इस आइकन पे सिलेक्ट क्लिक किया तो वो उस कलर से हो गया ठीक है इस तरह से फ्रेंड्स को आपने दे दिया अब आपको ये जो आपने दिए लिखा है ये आपको कहाँ तक लगाना है कितनी देर तक लगाना है एडिट में अब देखते हैं क्या है एडिट में तो वो इसी को आपको एडिट करना है ये फ्रेंड कितनी देर तक आपको शो करना है जैसे कि हमने कुछ इमेज ली है तो आपको कितनी देर तक तो हमको जैसे ये फर्स्ट इमेज तक शो करना है तो ये अभी यहाँ तक आ रहा है अगर फ्रेंड इसी को आपको सेकेंड इमेज तक करना है आप इस वाले को माउस से लेफ्ट क्लिक दबा के इसको थोड़ा आगे तक मूवमेंट करा देंगे तो जब अभी हम इसको रन करेंगे तो ये सेकंड वाले तक शो होगा सपोज़ हमको फर्स्ट वाले इमेज तक ही करना है तो आप माउस से लेफ्ट क्लिक करके इसको यहाँ तक कर दीजिए तो ये यहाँ पे शो होगा फिर फ्रेंड ये अभी हो गया आप यहाँ से ऊपर की तरफ से ये बैक का ऑप्शन है इसे बैक आएंगे ठीक है आप स्टार्टिंग में आके यहाँ से आपको चला के देख सकते हैं ठीक है अभी वो उठ गया है इस तरह से आप ये चीज़ यहाँ से लगाएंगे और ऑप्शन क्या है फ्रेंड ये स्टिकर हो गए ये टेक्स हो गया ये एक ऑप्शन आता है फ्रेंड हैंड राइटिंग का हैंड राइटिंग पर आप क्लिक करेंगे हैंड राइटिंग पर क्लिक करने के बाद ये पेंसिल है इस पर क्लिक करेंगे सपोज आपने ये ले ली आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी लिख जो लिखना है आपको लिख सकते हैं जैसे कि आपने पेंसिल सेलेक्ट कर दी पेनसिल फिर आप यहाँ से कोई एक पर्टिकुलर कलर ले लीजिए जो आपको लेना है ये कलर लिया ये राइट के निशान पे क्लिक करा आप यहाँ से जो भी आपको लिखना है आप यहाँ से इस तरह से लिख भी सकते हैं ये लिखने के लिए ये फ्रेंड्स यहाँ पे जो है इरेजर इससे आप क्या करेंगे इस तरह से इसको रिमूव कर देंगे जो भी आपने लिखा है इसी पेंसिल पर पे क्लिक करा फ्रेंड्स पेंसिल पर पे क्लिक किया पेंसिल ली यहाँ से जो कलर आपको लेना है आपने कलर लिया फिर ये राइट के निशान पे क्लिक किया ये आ गया इससे इसको क्लिक करेंगे लाइंड आगे वाले को इससे एक साथ सारा रिमूव हो जाएगा जो भी लिखा हुआ है तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इसको कर लेंगे अभी आप इस पर हैं ये बैक यहाँ से बैक जाएंगे अभी आप अपनी एक्चुअल पोजिशन पर आ गए हैं फिर लेयर में आप जाएंगे लेयर में फ्रेंड्स और आपके ऑप्शन क्या हैं ये इफेक्ट का है आपको इफ़ेक्ट देना है कहीं थोड़ा इस तरह से करना है ये सब चीज़ें जिस जितने इमेज पे करना है ब्लर करना है वो सब आप यहाँ से लगा सकते हैं इसको छोटा बड़ा करके जितने प्लेस पे करना है वो सब आप इसको लगा सकते हैं तो फ्रेंड इस तरह से इस पे ये सब चीज़ें अप्लाई हो गई हैं अभी हम इसको एक बार चला कर देख लेते हैं से फ्रेंड आप इसको चला के देखना फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए इससे रिलेटेड फ्रेंड कोई भी क्वेरी हो आपकी मेरे को आप कमेंट कीजिए मैं आपको रिप्लाई करूँगा उसका और फ्रेंड्स मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू